रीवा में बिरसा मुंडा विचार मंच ने 11 दिवसीय गौरव यात्रा का शुभारंभ किया यात्रा को जनपद पंचायत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया कार्यक्रम के दौरान भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी पर बनी 28 मिनट की फिल्म का विमोचन भी किया गया भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर बिरसा मुंडा विचार मंच रीवा ने त्यौथा तहसील में भगवान बिरसा मुंडा ग्यारह दिवसीय गौरव यात्रा निकाली जिसे जनपद पंचायत अध्यक्ष मीनू सिंह आदिवासी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया यह कार्यक्रम महाराजा ग्रुप के चेयरमैन देवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुआ है। इस अवसर पर बिरसा मुंडा की जीवनी पर बनी 28 मिनट की फिल्म का भी मोचन भी किया गया यात्रा के चलते कार्यकर्ताओं और जनजाति समाज में काफी उत्साह देखने को मिला यह यात्रा पंचायतों से होती हुई 114 ग्राम पंचायतों का भ्रमण करने के बाद उन्तीस तारीख को समाप्त होगी यात्रा का जगह जगह स्वागत किया जा रहा है यहाँ आजादी के अमृत महोत्सव में आदरणीय प्रधानमंत्री ने बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन पंद्रह नवम्बर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया था पिछले साल मैं बिरसा मुंडा जी के उलिहाती गांव जा के एक छोटी सी लघु फिल्म का निर्माण किया था कि उनके जीवन के बारे में त्योंथर क्षेत्र की जनता को उनकी जानकारी दी जाए तो गौरव दिवस मनाने का उद्देश्य यही था कि उनके जीवनी पर एक यात्रा निकाली जाए गौरव यात्रा जो त्योंथर तहसील के समस्त ग्राम पंचायतों में जाके आदिवासी भाइयों के बीच निर्धन आदिवासी परिवार में जन्मे बिरसा कैसे भगवान बिरसा मुंडा बन गए तो उसके बारे में उनकी कृतित्व व्यक्तित्व और उनकी संघर्ष क्षमता और उनकी जीवन शैली के बारे में जानकारी दी जाए कि मात्र 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने वो काम कर दिया जो लोग वर्षों सैकड़ों वर्ष जी के नहीं कर पाते हैं तो बिरसा मुंडा ने अपने समाज हिंदू धर्म के लिए आदिवासियों के गौरव के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया और वह कुर्बानी उन्हें भगवान के रूप में अपने समाज में स्थापित कर दी